देखते दे हैं रोड़ों पे ये भाई डेक्लेंड होते हैं, और सेम्स होते हैं, लोगों क्या क्या ये सुनकर गर्व आया है। इटावा पुलिस की आवाज़ जा रही है, ये तीन सवारी की दर जा रही है, बिना एलिमेंट के ये जी के गई दड़ी आ आ आ सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा होती है सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा होती है सर दुर्घटना होती है सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा होती है सड़कों पर एक सर दुर्घटना होती है जीवन को हम से जो थी पल घर में जीवन को हमसे जो थी में पल भर में वो दुर्घटना बड़ी भयंकर होती है सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा होती है होती है सड़कों पर एक दुर्घटना होती है सड़क सुरक्षा नियम हम आज बताते हैं सड़कों पर कैसे चलना है ये समझाते हैं ड्राइविंग करने से पहले लाइसेंस मंगवाते हैं ट्रैफिक डॉक्टर ये हमको कौन नियम बताते हैं हेलमेट हेलमेट सर पर हो सक हेलमेट हेलमेट का हेल्वेट, हेल्वेट से जीवन सुरक्षा होती है सड़कों पर होती है जीवन को हमसे वो दुर्घटना बड़ी भयकर होती है सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा होती है सड़कों पर एक दुर्घटना पीकर मोटर कार चलानी ना चाहिए, चाहिए, बत्ती हो गर लाल चौक पर जाना ओवरटेक करे तो कोई साइड दे दो तुम फोन की लीड कान में भी तुम तो कान में देना तुम टेंशन टेंशन, टेंशन, टेंशन टेंशन सुरक सुरक के कारण भी घटना होती है स्टेशन के कारण भी घटना होती है ये दुर्घटना बड़ी भयकर होती है पल पलभर में हमसे जो जीवन को हमसे जो थी में पलभर में वो दुर्घटना बड़ी भयंकर होती है आ सड़क सुरक्षा जी दुर्घटना होती है सड़कों पर अक्सर दुर्घटना Ya vamos a